yeah yeah oh oh oh yeah yeah oh oh oh yeah yeah yeah yeah guys guys हमारा ये साथ में सबसे पहला वीडियो है जो बहुत ही एक्साइटिंग हमारा आ रहा है गाइस जैसा आपको पता नया साल चालू हो गया तो हम सोचा हम आपके लिए एकदम न्यू स्टाइल में वीडियो लाए इस बार हम सीरीज वाले वीडियो करने वाले इस वीडियो के फोर पार्ट्स आएंगे गाइस ये वीडियो हमने बस फन के लिए किया है हमें कभी भी अपने कीजस को डिसरिस्पेक्ट नहीं हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि टीचर हमारी गुरु होती है तो आज हम करने वाले हैं ये, ये, ये नहीं ना आपके है। अरे आप जी आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग अरे महारानी आप इतनी जल्दी आ गई नहीं आरोप जो इन अंदर जाती है वो कभी नहीं मिलती अच्छा अच्छा महाराज ए बी सी सुनाओ और सुनाओ। बढ़िया, बताओ। पर देखा है बिल्कुल छुआ है नहीं। अरे तो तो जाऊंगी। चलो देखती तो गैस आपको पता है ना आपका क्या है आपका होमवर्क बहुत सिंपल है आपको, आपको लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और हमें टिकटॉक फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना तो गैस वीडियो पार्ट पार्ट भी भी पे तो उसको भी देखना, भूलना। में स्टूडेंट्स हाँ आपके टीचर्स और ऐसे हैं, तो प्लीज इस हाँ वीडियो को बार-बार लाइक